और चंद्रमा मंगल बुद्ध के शत्रु ग्रह हैं शनि और बृहस्पति से बुद्ध का तटस्थ संबंध है ग्रह शुक्रवार 31 जनवरी 2020 को दो बजकर चौवालीस में यानी कि 30 जनवरी की रात में 12 बजे के बाद अर्धरात्रि रहेगा ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जी हां, शनि की राशि में प्रवेश करेंगे और सात अप्रैल दो तक इसी राशि में ये स्थित रहेंगे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 राशि से यदि आप देखेंगे तो आपको यह राशिफल बड़ा लगेगा। वास्तविकता के लिए आप अपनी कुंडली का कैसा रहेगा अब हम इस पर आज हम चर्चा करेंगे तो सिंह राशि के जातको बुद्ध का यह गोचर आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है तो बुद्ध के प्रभाव से आपको कोई सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो सकती है अर्थात विवाह के बंधन में बन सकते हैं स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा धन एवं कुटुंब का सुख तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी शारीरिक सौंदर्य विवेक शक्ति आत्मिक बल तथा आपको यश की प्राप्ति होगी सिंहराज के जात को आपको किसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना भी इस दौरान करना पड़ सकता है इस बीच आप किसी जो है चिकित्सक के पास या जो है स्पेशलिस्ट के पास डॉक्टर के पास जा सकते हैं यदि संभव हो तो अपने साथी या परिवार को साथ ले जाएं तो बेहतर रहेगा इसके साथ ही बुद्ध का ये गोचर जो रहेगा यात्रा करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा तो यात्रा करने से इस दौरान आप लोग बचिएगा व्यवसायी वर्ग सतर्क रहिएगा क्योंकि मौद्रिक हानि होने का संकेत मिला है साथ ही साथ जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और खास करके जो लोग सिल्वर पर अपना धन लगाए हुए हैं उनको इस दौरान बचना रहेगा अन्यथा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं साथ ही साथ कोई ए, क्या कहते हैं दुर्घटना का भी शिकार सिंह राशि के जातक हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिये सबसे पहले तो आप अपने जो है सूर्य को भी स्ट्रांग करिए तो सूर्यदेव को अर्घ दीजिए आदित्य स्रोत का पाठ करिए और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए उपाय आपको मिलेंगे कहा तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं वहां से आप लोग ये उपाय प्राप्त कर सकते हैं वहीं कन्या राशि के जात को देव का ये गोचर कैसा रहेगा क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी हैं और कन्या राशि में ही बुद्धदेव उच्च के होते हैं तो बुद्ध के प्रभाव से शत्रु पक्ष में विवेक तथा अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा लाभ होगा जी हाँ देखिए शत्रु पक्ष में आपके प्रति कुछ उदारता जाएगी जो कि आपका हित कराएगी शत्रु पक्ष आपके साथ नतमस्तक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ननिहाल के पक्ष से आपको कुछ पावर कुछ शक्ति कुछ धन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है बुद्धदेव का ये गोचर आपके शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करेगा पिता एवं पिता राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष से आप के लिए अच्छा रहेगा लेकिन खर्च धन खर्च बहुत अधिक होगा विदेशों से एवं की प्राप्ति हो आप लोग आनंद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विरोधी पक्ष इस समय आपसे दूर रहेगा और आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आपके मन में दूसरों के प्रति उदारता आएगी आप उनसे ईर्ष्या करेंगे जो आपसे ईर्ष्या करते चले आ रहे हैं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है इस दौरान आपकी जब बुध वक्री हो जाएंगे तो आपकी छवि को कुछ धक्का पहुंच सकता है तो इससे आपको बचना रहेगा साथ ही साथ दर्शकों को कोई नया जो है आपको रोजगार कोई नई नौकरी या कोई नए बुक्स वगैरह आप लोग लॉन्च कर सकते हैं बुध का ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए प्रमोशन लेकर के आया है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है स्थान परिवर्तन का योग भी है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आपको करना यह रहेगा हर बुधवार को एक मीठा पान आप गणेश जी को चढ़ाइए और ओम गंगा गणपत नमा इस मंत्र का एक 108 बार जाप करिए देखिये कितनी चमत्कारिक रूप से आप चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएगी तुला राशि के जातकों बुद्ध देव का ये प्रभाव कैसा रहेगा ये गोचर कैसा रहेगा तो बुद्ध के प्रभाव से संतान पक्ष से शक्ति तथा विद्या बुद्धि का कुछ आपको लाभ होता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है बाहरी स्थानों के संबंध से भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है खर्च भी आपका बहुत ज़्यादा होगा आमदनी लेकिन आपकी अच्छी खासी रहेगी इस दौरान धर्म के प्रति अध्यात्म के प्रति आपका रुझान रहेगा आप भाग्य आपका साथ देगा ये गोचर जो तुला राशि के जातकों के लिए है मन को अस्थिर करने का कुछ कार्य कर सकता है इस समय आपको अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी इसके लिए आप लोग योग का मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं आप लोग अपनी कुंडली का भी देखिए विश्लेषण करा सकते हैं तो इससे आपको लाभ होगा साथ ही साथ जो पर्यावरण दिन है तुला राशि के जातक हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा लेकर के आया है व्यवसायिक रूप से भी जो है आपको बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा और कोई नई योजनाएं फलदायक रहेगी बुद्ध का ये गोचर कोई नया जो है रोजी कोई नया रोजगार आपके लिए प्रारंभ करा सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए दुर्गा जी को लाल रंग की चुंदरी आपको बुधवार वाले दिन चढ़ानी रहेगी साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ भी करना रहेगा वही वृश्चिक राशि के जातकों बुद्ध देव का ये गोचर आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है तो बुद्ध ग्रह के प्रभाव से माता का सुख एवं भूमि का भवन का एवं वाहन का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कठिन परिश्रम द्वारा आय के साधन में लाभ होगा जी हाँ पर तो हो पुरातत्व मतलब जो लोग शोध के क्षेत्र में है जो लोग लो माइन्स के क्षेत्र में है जो लोग पुरातत्विद हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा कुछ एक कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सुख सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिवार व संबंध के पहलू के लिए काफ़ी अच्छा बुद्धदेव का ये गोचर रहने वाला रहेगा आ... माता पिता के साथ आप लोग बहुत अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है कोई किलकारी आपके घर में गूंज सकती है घर में सुख शांति का सद्भाव स्थापित होगा आप अच्छे माहौल का आनंद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बुजुर्ग आपके साथ अपनी बातें अनुभव करेंगे साझा करेंगे उनकी बातों को आपको और उनके अनुभव को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा वही वृश्चिक राशि के जात थोड़ा सा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा किसी दुर्घटना के शिकार भी आप लोग हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम जूम सा इस मंत्र का 108 बार साथ साथ तो दर्शकों कैसा लगा हमारा बताइएगा नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेलाइकन दबाइए इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार